देगा वोट तो होगी उसकी बल्ले बल्ले हां हाँ, बल्ले बल्ले जो देगा वोट तो होगी उसकी बल्ले बल्ले अरे जो ना देगा वोट उसकी लाइफ समझो थल्ले थल थे बात मान लहज काम लिस्पा थे Up and left. अर नाम दी छाले वोट आज जो डाले अर नाम दी दुस्की मारो गीत जीत के गाले अरे आर चलाका पार चलाका छलाका है जो पाले दी मान लगा लिपा ढोल हमी के गूंजे शोर मचा देता हमी के गूंजे शोर मचा देताशे पीट हमें जो करने आए बैंड उसी के बाजे कर आर चला पार चलाका पार चलाका टेंशन पल में भागे दिल बात मान लहराज का ले मुस्का जो देगा उसकी बल्ले बल्ले हां हां बल्ले अरे जो ना देगा वोट उसकी लाइफ समझो थल्ले थल थे बल्दी बात मान लैकाम उसका पल्दी अगल की बात मान लै अगलता आज काम ले उसका पल्ला मान ल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 पल भगल हर गुम नाम दी छाले वोट आज तो हर गुम नाम दी छाले वोट आज जो डाले अरे नाम दी तो दुस्की मारो गीत जीत पे गाले हर हार छलाका पार छलाका मंदा है जो पाले I'm on the left.